Tōi seku ahi nama, tōi sema mo astrita, tōi seku. मरदली महुत बाटी मको कहाता मोर मा मांुब कहा, मा कहा मा मा चल छु मार मू खुदा खुदा चल तो खुदा चल खुदा चला तो चला छाबुक चला मत घोड़ा घोड़ा आखिर मत तेरी तो शरण मू नाह न दे देखने न देखिने मश्व लखेटी दे रंथ हो न पथरिलो दिखा दिखा न कंटका पंथ हो न पथ दिखा तिखा, तिखा न कंटका उठा बसा तमासमा उठा बसा कमास फसा मधुरी दिन चुभ मधुरी दिन छुभता मदौड़ी दिन शोभन जता लगाम तन घरी घरि महूतमा समर्पण तमा समा उमंगले छूतेजमा कटा जमा कटटटा तमा समा छ यदा कदा तमेश तो न समझने भे भने तुख देश स्वरे मले त दुख दे स्वरे मले थाप थाप लड़े भने। कहात थाप लड़े रात था आहाथ पी तई यथ पी तई अथी तई महारथी पानी तई मत घोड़ा नुह घोड़ा समर्पित लगा तन घरि घोतमा शमरपण लगा तन घरि घोतमा शमरपण तदु दे सपे मले तदु खदे सपरे मले तो कप मरे भने तो दुख दे सपरे मले तो कप मरे भने